समय समय एक ऐसी चीज़ जो जितनी बढ़ती चली जाती है ज़िंदगी उतनी ही घटती चली जाती है और वही समय जैसे जैसे घटती चली जाती है यादें उतनी ही बढ़ती चली जाती है चाहे जितना भी सुन लो जिंदगी की नसीहत हर किसी से पर असल दिमाग की समझदारी तो समय की चोट ही देती है वक्त ये नहीं कहता कि आप हर वक्त बदलिए जिस वक्त ने आपको सिर्फ नीचा गिराया हो उस वक्त से बाहर आकर बदल जाना ही बेहतर है। याद रखिए, जिंदगी बार बार मौके नहीं देती और क्या पता जिसके लिए आज आप मौके गवा रहे हैं वही कल आपके साथ ना हो इसलिए अपने आप को कभी अंधेरे में मत रखिए जिसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वैसे ही ये वक्त ये पल ये बहार ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला इसलिए इसके महत्व को समझिए क्योंकि यही सब मिलकर जिंदगी को खूबसूरत बनाती है कल किसने देखा है कल के लिए सब जोड़ते हैं ताकि वो अच्छा बीते पर आज कैसा भी बीते या बीत जाए ज़रा सोचिए जब आप अपने कल को अच्छा करने के लिए इतना कुछ करते हैं ताकि वो तो आराम से बीते अच्छा बीते तो कल की खुशी को भी तो सेफ करना चाहिए ना मतलब आज जी हाँ आज सोचिए जब आप कल में होंगे और आप जब अपने पिछले कल को याद करेंगे तो हर वक्त उस बीते कल के दुख और पछतावे बताएंगे और काश मैंने उस वक्त ये किया होता या तो वैसा किया होता कहेंगे पर अफसोस सिवाय पछतावा आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अब तो वो कल ही हाथ से चला गया तो ज़रूरी है कि आप अपने आज को भी जिए क्योंकि अगर ये वक्त ये लोग ये बाहर ये मौसम चले गए तो फिर ना मिलेंगे दोबारा जाते जाते ज़िंदगी के वो तीन मोटिवेशनल टिप्स जो मैं आखिरी में आपको देती हूँ उनमें से पहला टिप ये है कि अपने राज उसी को बताएं जो बहुत ज़्यादा आपको समझे और चीज़ों को गंभीरता से ले दूसरा भरोसा उसी पर करे जो आप पर करता हो और आपके समय में हमेशा अवेलेबल हो या फिर ना भी हो तो आपको निराश ना करे और तीसरा साथ उसी का रखिए जहाँ सिर्फ दोस्ताना नहीं बल्कि सच में अपनापन मिले आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आने पर इसे अपना लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर दीजिएगा तब तक लिए लव यू बाय टेक केयर और धन्यवाद